सिंगरौली में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई जहां महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई इस दौरान समाज की अध्यक्ष ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने और सभी को शांति और अहिंसा का रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया वही फिट इंडिया फ्रीडम रन थ्री अभियान के तहत रैली भी आयोजित की गयी इस अवसर पर एनटीपीसी सिंगरौली मुख्य महाप्रबंधक बसुराज गोस्वामी वनिता समाज अध्यक्ष जयिता गोस्वामी और अन्य लोगों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की इस दौरान रैली भी निकाली गई जिसका उद्देश्य आमजन की आजकल के व्यस्त जीवन शैली में शारीरिक और मानसिक फिटनेस के बारे में जागरूक किया गया इस दौरान वसुराज गोस्वामी ने गांधी और शास्त्री जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सफाई अस्पृश्यता सत्य अहिंसा की भूमिका को बताते हुए कामना की यह महान पर्व जीवन और कर्म क्षेत्र में सदैव सत्य अहिंसा शांति स्वच्छता सादगी सेवा भावना के साथ आगे बढ़ाने की प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करता रहे गोस्वा ने सभी को अपनी दिनचर्या में शारीरिक फिटनेस पर ध्यान देने हेतु आग्रह किया। आज हम लोग इधर एकत्रित हुए भारत सरकार इसका साथ और निर्णय लिया है ये है ऑब्जर्वेशन ऑफ फिट इंडिया फ्रीडम रन ये आजादी का अमृत महोत्सव का सिलसिला में ये भी जारी है हम लोग फिट इंडिया रान में अभी ज्वाइन किया हूँ इसके बाद हम लोग इधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का अब पे माल्यार्पण किया आज का दिन में गांधी जी का जो नीति और आदर्श है ये हमारा लिए बहुत ही जरूरत है उन्होंने जो अहिंसा का बात बोले हैं आज का दिन में पूरा राष्ट्र में या पूरा देश में जो अहिंसा चल रहा है इसमें हमारा एक साधन है गांधी जी का नीति हम उम्मीद करते हैं हम लोग वो नीति पथ में चलेंगे और भारत को और भी ले आगे, ले आगे ले जाएंगे हमारा पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री ने बहुत अच्छा चीज बोले थे बोले थे जय जवान जय किसान आज का दिन में एग्रीकल्चर की भी उतना ही महत्व है जितना हमारा डिफेंस में है हम लोग उम्मीद करता हूँ भारत फिर जगत सभा में सबसे ऊँचा आसन लेंगे मैं उम्मीद करता हूँ इस अवसर पर एन भी ऐसा हम लोग चलाएंगे कि एन जगत में सबसे ऊँचा आसन ले नमस्कार